जोरदार बिजली होने के बाद आदिपुरुष ने एक दिन पहले अपना एक मोशन पोस्टर और एक ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च किया है ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजंग्स तो किए नहीं गए पर कुछ कुछ चेंजंग्स काफी अच्छे लगे पहले वाले ट्रेलर में देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा ट्रेलर ही एनिमेशन है पर इसमें ऐसा नहीं है इसमें जो लोकेशंस हमें दिखाए गए लोकेशन में ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं वो रियल देखने में लग रहे हैं पर इसके कैरेक्टर अभी भी कार्टून से कम नहीं लग रहे हैं अभी वो कार्टून ही लग रहे हैं और इस मूवी के कैरेक्टर के सबसे बड़े क्रिटिक्स के पॉइंट थे वो अभी भी चेंज नहीं हुए हैं जैसे कि भगवान लक्ष्मण और हनुमान जी के जो दाढ़ी इसमें यूज़ किए गए हैं वो दाढ़ी इन्हें हटा देना चाहिए क्योंकि इस बात पर बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स पहले भी हो चुके हैं पहले वाले ट्रेलर में इन्होंने फिर से वही गलती की है कुछ चेंज नहीं किया है बस ग्राफिक्स को थोड़े अच्छे करके वीएफएक्स थोड़े अच्छे करके फिर से हमारे सामने ये इन्हें तरोस दिया है पर मैं इसके बारे में पूरी तरह से बुराई नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार जो वीएफएक्स ख़राब था वो इस बार भी खराब हो सकता है मूवी में कुछ और भी चेंजिंग हमें देखने को मिले पर इन लोगों को ये चीज़ ट्रेलर में ही करना चाहिए था थोड़े और चेंजिंग के साथ हमें दिखाना चाहिए था ताकि ऑडियंस इनसे जो अनकनेक्ट हुए थे वो कनेक्ट हो सके फिर से इसके लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो धन्यवाद